थीज़ाने थीज़ाने अरे ना। नंबर आ समुद्र से का ओए के भाई तानिया पड़ी खाना नहीं मन ऐ ऐ गिलीडेस ना तानिया बात बात है, बात है, बहाते माना बहाते करना टाइम अरे एक... ये ये किलो से तुमारुद्धि नहीं बुद्धि तुम कर बत्ती खाए गए वो बोलियो टाइम पा टाइम बसालतू टाइम जत ना अरे तोहर अभी वाला अभी घूमियो ताली खड़ी आते वो घूमने का तो बोलते ना वो गाड़ी पे तरह हाई आई मत ना बोलतो ना चलो बेटा लाभ पड़ो कौन तेरे داره जावत चलो हां अरे की आवाज हां पर वो देख ला रे किन डला था थैंक यू थैंक यू तू तू गड़ो रा, रा, है ओ पाय टाइम भारतीय जंगा जोड़ा सता ये जो वाली है क्या है सब कौन सा बनाता है मम्मी पूरे बिजी हो गए है थोड़ा थोड़ी डालो अरे अब बाईरे बड़ी एक बार कर दे कोको कौन आ बोला है ना चलो वही जाके बाहर पे और तुम बाहर जाके वो कार परे नाच रहे हैं तुम पे कोई तकलीफ कोई करा कोई कोमज़ा लगने पड़ेगा तुमने कोटरी भाई जारी नहीं कोटरी भाई ना ती ती तो बड़ा बड़ा चार भाड़ा कर